तुम बिन लाज गरीब बिकी को रखे गणता तुम बिन लाज गरीब की कौन रखे गणता के बल तुम हो दया मैं निर्बल के बल तुम हो दया मैं सबके बना काम हो तुम दिन लाज गरीब की कौन रखे गणता तुम बिन लाज गरीब की कौन रखे गणता जबकि ग्राहण गज को पड़ा अंतिम छन में प्राण जबकि ग्राहने गज को पकड़ा अंतिम छन में प्राण तब गज ने किया ध्यान प्रभु का कब गज ने किया ध्यान प्रभु का आगे बताए प्राण हो तुम्बने लाज गरीब थी कौन रखे गणता लाज गरीब की कौने रखे गणतान दूर के दुसा चिर जोखी के नानी आए कोई काम दूर दुसा थी चिरे जोखी के नानी आए कोई काम सरे उठाये द्रोह पदने पुकारा सरे उठाये दिन पुकारा बने घनश्या हो तुम बिन लाज गरीब की कौन रखे घनसाम तुम बिन लाज गरीब की कोने रखे घनता विप्रसुदान द्वार जो आए दौड़े नंगे पां। सुदाम द्वार दुआ दौड़े नंगे पा चरण धोए लीजे धाम दियो तुम्हें चरण धोए लीजे धाम दियो तुम्हें जाने सकल जहां लाज़ गरीब कौन रखे गणता निर्बल के बल तुम्हें हो दया मैं निर्बल के बल तुम्हें हो दया मैं सबके बनाए गरीब की कौन रखे तुम्हें घनदान लाज़ गरीब की कौन रखे दनता?